नमस्ते। तो तो मेरी लास्ट वीडियो के पर क्लेम आ गया था। अपना तो ज्यादा दिमाग ना चलाते हुए मैंने सिंपली एनसीएस का एक गाना डाला हुआ है इस वीडियो के अंदर तो देख लेना तुम्हारी मर्जी है यार आउट्रो ही तो है वैसे भी तुम लोग देखते नहीं हो यार बता देना बस कमेंट सेक्शन में और तो क्या एनी वेज तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी पुराने धारावाहिकों के बारे में लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडर्न डे धारावाहिकों के यानी कि मॉडर्न डे टीवी सीरियल या टीवी शोज के बारे में तो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर द टाइम चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वागले की दुनिया के बारे में कसम से यार ये शो कहने को तो कॉमेडी है लेकिन इसके 25 परसेंट से भी ज्यादा एपिसोड्स कंप्लीटली अनफनी है अब आप ही बताओ यार इतने सारे अनफनी और सैड एपिसोड वाला शो की एक्चुअली कॉमेडी है भी और मुझे एक चीज और जाननी है कसम से अथरव की ऐसी तैसी क्यों रखी होती है हर टाइम मतलब कभी ये बच्चा घर के अंदर कुत्ता ले आता है उसके बाद मार खाता है कभी ये अपनी बाई की बच्ची की सांस रोककर उसे ऑलमोस्ट टपका देता है और उसके भी मात मार खाता है कभी ये बच्चा रैपर बनने के लिए तेल पी जाता है कभी यह बच्चा सोचता है कि यह वागले परिवार का सदस्य नहीं है खैर जिस बात पर तो उसको माफ पड़नी भी चाहिए थी कभी यह नैप हो रखा होता है मतलब इस शो में हर कुछ क्यों चला हुआ है यार अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मैडम सर के बारे में कसम से ना यार ये शो ना कोई लॉजिक नहीं बनाता है मतलब और मजे की बात तो ये है कि शो के अंदर एक रोबोट पुलिस ऑफिसर भी है अरे मतलब जो काम गूगल स्पेस और इसरो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं कर पाई है ना यार। वो कसम से यूपी सरकार ने कर दिखाया इस शो में नाउ लेटॉक अबाउट ससुराल सिमर का देखो यार इस शो को मैं नहीं कहूंगा कुछ क्योंकि इसको बाबा तक ने वन की रेटिंग दे रखी है टेन में से अब तुम सोचो ये शो अच्छा हो कैसे सकता है इसके बाद हम हम लोग बात कर लेते हैं डिस्कवरी चैनल के कुछ शोज़ के बारे में डिस्कवरी चैनल में तो यार वैसे काफ़ी सारे अच्छे शोज आते हैं लेकिन अगर मैं एक शो का एग्जांपल दूंगा तो वो होगा यार ज़ाहिर सी बात है मैन वर्सेस वाइल्ड इस शो के होस्ट का नाम है बेरग्रिज जो कि यार किसी भी खतरनाक से जंगल या डेजर्ट या फिर किसी खतरनाक से क्वॉनिफेरियस वेजिटेशन या मेडिटेन वेजिटेशन वाली जगह में घुस जाते हैं और वहाँ पर कई बार काक्रोच खाते हुए पकड़े गए हैं अगर तुम्हें काक्रोच खाते हुए किसी को देखना अच्छा नहीं लगता तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो ज़्यादा बढ़िया रहेगा वो डिस्कवरी में सिर्फ इतने शोज नहीं आते हैं इसके अलावा यार फूड फैक्ट्री नाम का एक शो भी आता है डिस्कवरी में जिसके अंदर जो शो के होस्ट और कैमरामैन है वो किसी खतरनाक सी कंपनी के अंदर घुस जाते हैं बगैर परमिशन ले और फिर उनकी ताक़ा जाके करते हैं और पता करते हैं कि उनका खाना कैसे बनता है अब बात करते हैं सी और साउथन इंडिया जैसे शोज के बारे में वैसे तो यार, यार या शोज देखने में काफ़ी मज़ेदार होते हैं और इनमें सस्पेंस भी बन जाता है और थ्रिलिंग शोज होते हैं ये लेकिन इनके कुछ एपिसोड्स तो बहुत ही वाह याद होते हैं जिनको समझने के लिए मेरा दिमाग तो बहुत ज्यादा कम वाला है अरे मतलब सच बताऊँ तो यार कुछ एपिसोड्स के अंदर तो ये मसाला डाल डाल के अति कर देते हैं अच्छा चलो ठीक है तड़का मसाला डालना बढ़िया होता है लेकिन चिलड़े को तुम जितना मर्जी तड़का लगा दो वो पिज़्ज़ा कभी नहीं बन जाता है और ये बात अनूप सोनी महाराज को समझनी पड़ेगी अरे मतलब समझ जाओ भाई प्लीज़ समझ जाओ इसके अलावा इंडिया में शाक टैंक इंडिया जैसे काफ़ी अच्छे शोज भी आते हैं जिनको देख के तुम्हें बहुत अच्छी खासी इनफॉर्मेशन मिल जाती है और मैं सच बताऊं तो यार बिजनेस की काफ़ी हद तक इफॉर्मेशन तो मुझे उन्हीं शोज़ को देख के मिली है अगर मैं तुम्हें अंदर की बात बताऊं ना तो यार कसम से ना इंडिया में शोज़ अच्छे बहुत कम आते हैं लेकिन जितने भी आते हैं ना भाई एकदम मुआ लेवल के शोज़ होते हैं एकदम ख़तरनाक लेवल के समझ रहो एकदम एनीवेज़ तो चलो यार अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ कमाल धमाल के रियलिटी शोज़ के बारे में जिनमें से कुछ को देखते तो यार हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है लेकिन कुछ को देख के मुँह से कभी कभार उल्टियाँ निकल जाती हैं और कभी कभार गालियाँ भी